हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मानसून स्पेशल स्टफ्ड ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं तीन उबले हुए आलू सूखे मसाले एक से दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च दो बड़ी साइज़ के प्याज थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सूखे मसाले मैंने यहाँ पर लिया एक चम्मच नमक आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और एक चम्मच आमचूर पाउडर एक बोल में मैंने यहाँ पर लिया है टोमेटो सॉस और उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है ग्रीन चटनी अब हम सबसे पहले इन आलूओं को मेश कर लेंगे ये देखिए मैंने आलूओं को अच्छी तरह से मेश कर लिया है मैंने यहाँ पर तीन बड़ी साइज़ के उबले आलू लिए थे अब हम गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देंगे हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल ये मैंने लगभग दो से तीन छोटी चम्मच के करीब बॉइल लिया है हमें इसमें ऑयल ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज इस रेसिपी में हमें प्याज को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है मुश्किल से एक मिनट पकाना है इस रेसिपी के अंदर प्याज की क्रंचीनेस बहुत ही अच्छी लगती है मुश्किल से एक मिनट के लिए हमें इसे कुक करना है ये देखिए एक मिनट हो चुका है हल्के से ये सॉफ्ट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसे नहीं करना है थोड़ी सी क्रंचीनेस इसमें रहनी चाहिए अब इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे ये उबले हुए आलू अब एक बार हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये सारे सूखे मसाले हमें सारे सूखे मसाले एक साथ ही डाल देना है क्योंकि मुश्किल से पाँच मिनट का टाइम लगता है इस, इस स्टफिंग को बनने में हम सबसे पहले ये ब्रेड पकोड़ा की स्टफिंग ही रेडी कर रहे हैं अब हमें मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके साथ ये देखिए मुश्किल से पाँच मिनट लगे हैं और हमारी स्टफिंग जो है बनकर लगभग लग रेडी है अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इस हरे धनियों को भी अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे हमारी ब्रेड पकोड़ा की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी लग रही है ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है अब हम इसे साइड में रख देंगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ ये देखिए मैंने स्टफिंग को एक बॉल में निकाल लिया है और ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है छः बड़ी साइज़ की ब्रेड ये मैंने सिंपल ब्रेड ली है अब हमें एक ब्रेड लेनी है और एक ब्रेड के ऊपर आपको ग्रीन चटनी अप्लाई करना है ग्रीन चटनी हमें अच्छी तरह से लगानी है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी है वरना हमारी ब्रेड जो है वो गल जाएगी और हमारे ब्रेड पकौड़े जो अच्छे नहीं बनेंगे और उसके अलावा ये ग्रीन चटनी काफ़ी स्पाइसी भी है क्योंकि इसे मैंने हरी मिर्च और लहसुन से बनाया है और एक ब्रेड के ऊपर हम अप्लाई करेंगे टोमेटो केचप हमें लिमिट में ही लगानी है दोनों चीज़ें दोनों ब्रेड पर अब हम इसके अंदर फिल करेंगे ये स्टफिंग जो अभी हमने बनाकर रेडी करी थी हमें आलू की स्टफिंग को बहुत अच्छे से इसके ऊपर लगाना है अच्छे से फ़ील करनी है स्टफिंग इससे हमारे ब्रेड पकौड़े जो है वो बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इस्टफिंग ब्रेड के ऊपर लगा दी है अब हम दूसरा ब्रेड भी इस ब्रेड के ऊपर रख देंगे इस तरह से दूसरा ब्रेड इसके ऊपर रखने के बाद हमें इसे हल्का सा प्रेस करना है ताकि अच्छे से सेट हो सके ये देखिए मैंने इसे प्रेस कर दिया है दोनों तरफ से अब हम इसे ट्रायंगल शेप में कट करेंगे क्योंकि ये मैंने बड़ी साइज के ब्रेड लिए हैं और आपको स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा में बड़ी साइज़ के ही ब्रेड लेना है ये देखिए इस तरह से मैंने इसको तिरछा कट कर लिया है ट्रायंगल शेप में बहुत ही हल्के हाथ से इसे हैंडल करना है क्योंकि स्टफिंग भरने के बाद इसे काटना थोड़ा सा रिस्की होता है ये देखिए इसी तरह से हम सारे ब्रेड में स्टफिंग लगाकर रेडी कर लेंगे दोनों चटनी और सौस को अप्लाई करते हुए ये देखिए मैंने सारे ब्रेड रेडी कर लिए हैं ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी स्टफिंग भरी हुई ब्रेड अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ अब हम बेसन का गोल रेडी करेंगे बेसन का गोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लिया है उसके अंदर डालेंगे हम एक कटोरी बेसन ये मोटा बेसन लिया है मैंने बारीक वाला बेसन नहीं लेना है हमें ये लगभग 200 ग्राम के करीब बेसन है अब सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधी चम्मच नमक आधी चम्मच अजवाइन अजवाइन को हमें हल्का सा हाथों से क्रश करते हुए डालना है जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा लगभग एक पिंच के करीब हल्दी पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर अब एक बार हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी ऐड करना है एक साथ इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें और इसमें लम्स ना पड़े इस बात का भी खास ध्यान रखें आप इसे विस करके हेल्प से घोल सकते हैं इससे किस में लम्स नहीं बनेंगे आप चाहे तो इसे स्पून की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं ये देखिए ये अभी भी काफ़ी गाढ़ा है अब मैंने इसके अंदर और भी पानी ऐड किया था ये देखिए अभी ये थोड़ा सा लिक्विड लग रहा है थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ापन ले लेगा अब हम इसके अंदर डालेंगे बहुत ही सीक्रेट इन्ग्रीडियंट जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है वो है ग्रीन चटनी क्योंकि ग्रीन चटनी के अंदर मैंने अच्छी क्वान्टिटी में लहसुन डाला है लहसुन का फ्लेवर ब्रेड पकौड़ा के अंदर बहुत ही अच्छा आता है इसलिए मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ लगभग आधी चम्मच के करीब ये ग्रीन चटनी अगर आप ये ग्रीन चटनी इसके अंदर नहीं डालना चाहते तो आप इसमें आधी से एक चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं गोल के अंदर ये देखिए चटनी डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ये हमारा गोल भी बिल्कुल रेडी है अब हम इसके अंदर डालेंगे लगभग एक पिंच के करीब बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा डालते हैं तो आपको क्वांट, कम क्वांटिटी में डालना पड़ेगा अगर बेकिंग पाउडर डालते हैं तो उसका डबल क्वांटिटी में डालना पड़ेगा ये देखिए अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसे बिल्कुल भी नहीं रखेंगे हम आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं ये विस्कर के ऊपर लग रहा है गोल टपकता हुआ ये देखिए मैंने एक तरफ यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था हमारा ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है अब हम इसके अंदर बेसन के गल के अंदर डालेंगे ये ब्रेड स्टफिंग वाली ब्रेड है ये हमें इसे बहुत ही हल्के हाथ से हैंडल करना होगा बहुत ही केयरफुली हम इसके अंदर डिप करेंगे गोल के अंदर और बहुत ही आहिस्ता से हम इसे तेल के अंदर छोड़ेंगे ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए बेसन के गोल के अंदर डिप कर लिया है हाँ इस तरह से हम इसे ऑयल के अंदर डाल देंगे बस इसी तरह से हम सारी ब्रेड को डाल देंगे एक टर्न में जितनी आ सके मैंने जो यहाँ पर कढ़ाई ली है उसमें एक बेच में तीन स्टर्ड ब्रेड आए थे इसलिए मैंने यहाँ पर तीन ही डाले हैं और आप भी जहाँ तक तो हो सके दो या तीन ही डालें इससे कि आपको अलट पलट करने में इसे आसानी होगी अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे अलर्ट पलट करते हुए फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका हल्का सा सुनहरा कलर ना आ जाए मैं इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ ये देखिए इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा सुनहरा कलर आ चुका है इसी तरह से हम सारे ब्रेड पकौड़ों को बनाकर रेडी कर लेंगे अब इन पकौड़ों को हम जल्दी से बाहर निकाल लेंगे और एक स्टैनर के अंदर रख देंगे इससे कि इसकी क्रिस्पिनेस लॉन्ग टाइम तक बरकरार रहेगी इस्टनर से यही एक, एक सॉफ्ट नहीं होता है ये देखिए स्टैनर के नीचे मैंने यहाँ पर एक प्लेट भी रखी है इससे कि इसका जितना भी एक्सेस ऑइल होगा वो प्लेट के अंदर आ जाएगा ये देखिए मेरे सारे ब्रेड पकौड़े बनकर रेडी हैं अब आप इससे गर्मा इन ब्रेड पकौड़ों को टोमेटो कैचअप या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके आपको मेरी अदर रेसिपीज़ के लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं या फिर आप मेरी चैनल की प्ले पर जाकर वहाँ पर भी मेरी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय थैंक यू